हेलो दोस्तों मैं कुमार हूं। मैं जॉन तो एक नई मूवी का ट्रेलर आया है, कलंक जिसपे हम आज रिएक्शन देने जा रहे हैं लाइक like करो सब्सक्राइब करो शेयर करो और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं मेरी गुस्से में लिए गए एक फैसले ने oh, हम ज़िंदगी yes. बर्बाद से बहुत प्यार करता हूँ काम अपनी हयात में ना कर पाए तो मरने के बाद भी होगा। इस रिश्ते में इज्जत होगी, प्यार नहीं हो मैं शादी शुदा तो निकाह पड़ रहा हिम्मत है मेरी दुनिया में खत्म रखने की मेरे पास खोने को कुछ है नहीं। रहे निकी सुधरने की कहीं और और वो ना न सिर तबाही होता रूप और देव की शिव से दूर रहो सफर तुम्हारा अंजाम पूरा होगा जिस आग को और मैं फूकती थी ना उसी आग से यह शहर चला दूंगा हक है और ये हक मैं लेके रहूंगा कलंक नहीं कलंक नहीं छाल दोस्तों रियल बहुत जबरदस्त ट्रैलर था और सत्रह अप्रैल को आ रहा है में तो आप लोग जरूर जाइए देखेगा Which yeah. part did you like? Which one? Yeah, I like the part that uh, is so so passionate. Although I see the injuries, but he run to catch his love, you oh. know, grab yeah. her. Mine was like uh, blue people were. Yeah, yeah, <laughs> <All right>. <laughs> yeah. yeah. <laughs> Are they real? Uh, were they painted? I don't know. Like And the this is just a P F X or whatever. Is, but that was really. We don't know who or oh, who exactly. Okay. Yeah, yeah. तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक चैनल को सब्सक्राइब और बताइए नेक्स्ट वीडियो कौन से वीडियो है जिस पे हम रिएक्शन दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में